अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे हज़ार दर्जे बेहतर है शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सकून ख़त्म कर देती है परेशानी की और बेसकूनी की एक वजह यह भी है कि इंसान अपने गमों का ज़िक्र अपने रब करीब के बजाय नालायक लोगों से करता है इंसान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो अपने दिल और ज़बान को काबू में रखे मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता और माहरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करता पांच आदतें इंसान को जल्द बूढ़ा कर देती हैं नंबर एक जहनी दबाव और परेशानी नंबर दो नींद की कमी नंबर तीन हर वक्त बैठे रहना नंबर चार मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना नंबर पाँच आयल वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना